चल चलो यत्न शिव पूरा का टा मेरा मर जाना ये मायरी जे रे, आम ने जे रे।, रे का, का, का रसौ बेण तो रसोदेण तो नूराती तो चर गंगा तो जावे रे मायरिया में विजया ऊपर नाच रे रे सिकंद्र दे त तो आवेर हस नार बापरी त तो आवेर सलमा देखो दे तो नजर नैन तो जोरा रे रसूद मेरे कुमार रसूद मेल कुमर और कदर दे तो सम फिर हसीना हाँ दे तो जावर अमायर नंद के देो नजर ऊपर नाच रे ओ मायर यो चीता का बाजा में जावे माया कार तीजी आसन मेरे बुआ का मायरा में जावे तो मायरियो जोरा दे तो जावे रे शिवपुरा रे डाट हसीना देखो तो आवेर आ दिल्ली यो रे सोता पर के मायरियो एजोरा डे कोलावे रे एजोरा डे कोलावे रे ओ मायरियो टकलुकु तो वाडा कावे रे ओ म्यूजिक रे तेजल वालों पाचे